भाई मुझे रिपेर रिपेर मैं आया था मीटर रिपेयर करने रिपेयर के बाद थोड़ी प्रॉब्लम थी बाद में दिखाए में इधर है ये अदरक के पेड़ अदरक लगा रखी है पत्ता बहुत छोटा है इसका ये अपना टोपी खड़ा है मैं तो समझ रहा था ये बांस के पेड़ है शायद ना? मगर ये अंकल जी कह रहे हैं अदरक है अदरक और हम खड़े हैं बीचों बीच पहाड़ियों में चारों तरफ पहाड़ी है इधर रोड का काम चल रहा है चल रही है अपनी के जरिए आए थे अपना एक बोरी मसाला बन गया चलो तीन बोरी बनाई है अपना सामने चलो भाई हिंडल मार दो कर दो स्टार्ट अब एक आध घंटा हम यहाँ पर रहेंगे और ये माल बनाना चालू हो गया मशीन भी स्टार्ट हो गई अब देखते हैं इसमें वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं इसके तेरह दांत वाला जो घेर होता है उसका एक पीछे का थोड़ा सा कोना टूट गया है वो टूट गया होगा कोई कॉन्क्रीट का कोई दाना या बजरी का कोई चला गया होगा छोटा मोटा फंस गया होगा बीच में और तो कोई कारण उसका टूटने का ही नहीं क्योंकि बजरी डालने के कारण हो सकता है कोई बजरी वहां जाकर फंस गई हो दांतों के बीच में कोना टूट गया हो थोड़ा सा टूटा है तो अंकल जी ने मशीन जो थी बंद करा दी थी कह रहे थे कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा आ राँ आ राँ फिर हमें आना पड़ा मजबूरन आए हम तो आने के बाद देखा यहां पर उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी तेरा दाँत वाला गेर हम अपने साथ लाए थे लेकिन मशीन चल रही है बढ़िया किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा कोना टूट गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं मशीन चलती रहेगी मसीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेबर जब हम आए तो लेबर बैठी थी मैंने आगे मशीन को स्टार्ट करवाया स्टार्ट करने के बाद मशीन में मेरे सामने ही सामने सामने दो तीन बोरे माल बनाया गया वहाँ पर तकरीबन एक घंटा मैं वहाँ पर रहा और जब संडे भी है, आज संडे थे खाली थे इसलिए बाकी तो संडे के अलावा टाइम मिलता नहीं है क्योंकि काम इतना है और लड़के भी कम हैं मेरे पास अभी काम करने वाले सारे लड़के घर गए हुए हैं तो संडे को छुट्टी होती है इसलिए मैं आ गया अंकल जी के पास मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीन चल रही है बढ़िया और यहाँ पर रोड का काम चल रहा है और ये लेबर जो है ये लेवर ये उत्तर प्रदेश हरदोई की है ये मेरे को बता रहे थे हम यूपी के हैं